नमस्कार दोस्तों मैं विकास जायसवाल आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कोरलड्रा में फ़ॉन्ट मिसिंग का बहुत ही प्रॉब्लम आता है तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे जो लोग पुराने यूज़र हैं तो उनको तो पता है जो नए यूज़र हैं जो नए ग्राफिक डिज़ाइन सीखते हैं तो उनको टाइप करते हैं कोई भी फॉन्ट टाइप करें तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होता है जैसे हम लोग स प्रेस करते हैं तो सर आप लोग करके मैं दिखाता हूँ इस तरह से जैसे हम कोई भी हिंदी का फॉन्ट इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे मेरा राज हो गया तो इसमें हम कुछ भी लिखते हैं जैसे कोमल मैंने टाइप किया मैं स्पेस दबाऊँगा तो कोमल तो अभी सही है मगर मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो ये आधा का हो जाएगा इस तरह से तो हम इसको ठीक करना चाहेंगे कैसे इसको हम ठीक करेंगे देख लीजिए तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल्स दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे पहले ही में ही ऑप्शन है इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जे आप यहाँ से भी क्लिक करके ला सकते हैं या फिर इसका शॉर्ट की कंट्रोल प्लस जे से आप ऑप्शन में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे करना क्या है जैसे यहाँ पे टेक्स्ट का दिया हुआ ऑप्शन तो आप यहाँ पर टैक्स वाले पे प्लस वाले जो सिम्बल बना है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे दिया है क्विक करेक्ट तो हम इस पर क्लिक कर दें अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जितना भी टिक लगा हुआ है हम इसको अनटिक करेंगे इस तरह से अनटिक करेंगे और हम ओके कर देते हैं अब जब भी हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो हमारा कोई भी फॉन्ट मिस नहीं होगा जैसे मैं कोमल विजन लिख देता हूँ अब ये बिल्कुल करेक्ट आएगा देखिए कोई भी मिसिंग नहीं हुआ आप चाहे जो भी चीज़ लिखना चाहें कुछ भी आप टाइप कीजिए आपका फॉन्ट मिस नहीं होगा इस तरह से कोमल विजन ये देख लीजिए हमने स्पेस दिया और प्रॉब्लम नहीं आया अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय